ट्विटर ने कई राजनेताओं सेलिब्रिटीज और सभी फेमस लोगों के ट्विटर हैंडल से ब्लूटिक हटा दिया है ट्विटर ने ऐसे अकाउंट से ब्लू टिक हटाए हैं जिन पर पहले से ब्लूटिक था दरअसल ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कुछ टाइम पहले घोषणा की थी कि ब्लू टूक पाने के लिए भुगतान करना होगा लेकिन नए नियम के तहत जिन नेताओं पत्रकारों और सेलिब्रिटीज ने भुगतान नहीं किया है उन सभी अनपेड अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है इस लिस्ट में राहुल गांधी प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ विराट कोहली रोहित शर्मा अरविंद केजरीवाल शाहरुख खान और ममता बनर्जी भी शामिल है इनके अलावा भी बहुत से नेता और सेलिब्रिटीज हैं जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक